मिनट, मिनट, मिनट, नहीं दिखी ना तो देखना वाँ, वाँ, वाँ, वाँ। अरे माँ अभी तो सिर्फ चार हैं। आपने इतने जल्दी क्यों उठा दिया एक तो रात तो सो नहीं पाई चार बजे क्या पूरे बोलने की लोग उठ गए तुम्हें यहाँ घोड़े भेज के सो हो चलो भी है, कर लेती कब oh, no. लगता है माँ ने वापस अपना हेड डाय किया मेरे ब्रश से अब ये ब्रश का काम का तो रहेगा नहीं हाथ से ही करना पड़ेगा ब्रश क्यों? आज लगता किस्मत ही खराब है। टूथपेस्ट भी खत्म हो गया। को मैंने कितने बार बोला कि छ महीना हो गया एक नया टूथपेस्ट ले लेके नहीं एक एक को निचोड़ निचोड़ के निकालना है आखिरी बार निकल जा प्लीज आखिरी बार निकल जा फिर माँ को मना लूंगी नया ब्रश लेने को नया टूथपेस्ट भी ले ले को प्लीज निकल निकल निकल जा, निकल जा। Wake up! It's morning sunshine. Mm. School जाना है ना चलो उठो. Good morning, mom. Yes, mom. Wait a minute. Oh my God. Yeah, mom. What's for breakfast? We have sandwich and some fresh orange juice. Mom, how many times do I need to tell you? I don't like orange juice. I prefer caramel frappe with extra whipped cream. Okay, wait. I tell them to do that from tomorrow, okay? Yeah, you better do and take this orange juice. I just have the sandwich. Makeup hey. brush to kar lo pehle. Come on, mom. Have you ever seen a tiger or a lion brushing its teeth? No. Exactly. Then why do I need to brush my teeth? <laughs> बेटा यार ब्रश कर लो जल्दी को देखिए मुझे भी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए तो तुम जल्दी तैयार हो जाना फिर स्कूल के चले जाना ड्राइवर है तो तुम उनके साथ चले जाना ठीक है बेटा ऑलराइट मॉम बट प्लीज टेल द ड्राइवर टू ब्रिंग बीएमडब्ल्यू नॉट ऑडी ओके ओकेट फॉर द ऑफिस ओके बायो मीनेल गुड हाँ नाइस आइडिया मैं तो यस्टरडे यूएसए से आई थोड़ा सा थक गई हूँ बट हाँ इस वीकेंड जाएंगे हम लोग यूरोप तो सही मजा आएगा हाँ ओके यू नो आई ऑलवेज लवेश बेटा yes, क्या हुआ लिसन मॉम ऑल पॉकेट मनी है गोल्डन ओवर अरे mama, आपको पता है ना आज मैंने मैगी बनाया वो भी खुद जलाया बिना कितनी बड़ी बात है, है तुम्हें पैसा yeah, um, इसमें कुछ टेन लाख अमाउंट तो होगा ही and then credit card, okay? use use करेड़ा की सब्जी बनाऊंगी आटा भी गुंदा है इतना काम है की रिंकिया को पाल के रखा बट कुछ काम नहीं करती कधाए सोती रहती है बताओ क्या करना है यार हाँ? मैं हाथ दबा देती ना आप आप से कैसे हो <laughs> अरे माँ पता है वो जो मेरी दोस्त है ना चिंकिया, चिंकिया कलुआ की उसकी माँ को मैं वो जानती वो अच्छे दोस्त है साथ में कचरा जाते हैं oh, no. अच्छा तो वही ना चिंकिया की माँ कलवाई नहीं बेटी को पूरे या कम नहीं ज़्यादा नहीं पूरे दस रुपया पॉकेट पॉकेट दिया कहा तो बाबू को महीने के अंत में मिलता है ना पगार उनकी पैसे हमें भी मिलेगा तुमको चाहिए क्या काम करती हो तुम जो पगार निए? निए पापा है वह रोजा काम के लिए मेहनत करती है तुम क्या करती कह रहा है भाजी भी तो भाजी तो का फिर आटा गूंजूंगी फिर झाड़ू मारूंगी आपका सर में And guess what, What? I have failed. मुझे एक और चीज चाहिए मुझे पूरा स्टडी रूम को रीडेकोरेट करना है अब मैं कौन से सी मा तो से माँ को बताऊंगी क्या पूरे मुझे मुझे <laughs> से बाहर है ना मुझे आपको बचाना था कुछ क्या मम्मी <laughs> <फेल लो> <laughs> क्या मम्मी मम्मी जमा के रखी है इनसे मम्मी आप पहले मुझे दोनों चप्पल प्लीज प्लीज प्लीज साफ कर बाद में दोनों चप्पल दोनों सीधा, दोनो। सीधा रख बाद अरे मम्मा चप्पल निकाल दो ना मुझे आपको ये बताना था आपको पता है बाजू में जो बैठती थी ना वो आईपीएस की बेटी वो फेल हो गई अच्छा और जो मेरे राइट में बैठती थी डॉक्टर की बेटी वो भी फेल हो गई क्या और उनमे सामने कलेक्टर की बेटी बैठी तो टीचर्स पढ़ती पता है? Hey! बता कि आ मानो मानो मत माना मत। बताती पहले आप मुझे दो खबरें, एक हो खुश खबरी hey! गलत है झूठ मॉम? झूठिया Mom the vacations are starting and it's one month long let's go somewhere out Yeah we can go to Paris we'll see the Eiffel Tower over there Nahi mamma Paris hum teen teen baar ja chuke hai somewhere else But there is Taylor Swift and Billie Eilish concert huh? we can go there I've already booked the tickets But well, if you want but I can cancel if you want to to No no no no no no no no no need to cancel we'll go there thank you mommy you're the best mom in the world thank you <laughs> thank you mommy you're the best mom now I'll go and pack या ओके डू इट वी हैव जिस घर में काम करती हूँ ना उसी के बाजू वाले घर में तुम काम करा दुग्नी कुमारी आ जाएगी इस महीने आपकी बहुत मदद करूंगी लेकिन माँ गर्मी की छुट्टी है कहीं तो बाहर लेके जाओगे ना मुझे हाँ हाँ जाएंगे ना जाएंगे महीने के अंत के दो दिन जो रहेंगे ना आखिरी दो दिन तब तुम्हें नानी के घर जाएंगे ये नानी के घर जाएंगे मैं आपकी बहुत मदद करूँगी अच्छा मदद करना है ना चलो झाड़ू मार दो कल से मदद कर बाय